मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों में कम बारिश किसानों की परेशानी की वजह बनी हुई है सीधी रीवा सहित आठ जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है इन जिलों में सूखे जैसे हालात निर्मित हो गए हैं खेतों में खड़ी फसल पानी के बिना सूखने की कगार पर है कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा अगर यह जिले सूखा घोषित होने के क्राइटेरिया में आएंगे तो इनको सूखा घोषित किया जाएगा प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है अब तक सामान्य बारिश से 21 परसेंट ज्यादा बारिश हो चुकी है जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं, डेमो के गेट खोल दिए गए हैं मगर प्रदेश के आठ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी आम जन बरसात की बाट जोह रहे हैं इनमें से सीधे जिले में तो सामान्य से इकतालीस कम बारिश हुई है इन जिलों में सूखे जैसे हालात निर्मित हो रहे हैं खेतों में खड़ी फसल पानी के बिना सूखने की कगार पर है कुछ किसान बारिश नहीं होने की वजह से बुवाई ही नहीं कर पा रहे हैं और तो और अब पीने के पानी का संकट भी गहराना शुरू हो गया है इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के विधायकों ने सरकार से सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है वहीं इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अगर यह जिले सूखा घोषित होने की क्राइटेरिया में आएंगे तो इनको सूखा घोषित किया जाएगा मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल इन जिलों में बारिश होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं बताया जा रहा है कि रीवा में 40 प्रतिशत दतिया में पैंतीस प्रतिशत अलिराजपुर में 32 प्रतिशत सिंगरौली में उनतालीस प्रतिशत टीकमगढ़ और निवाड़ी में छब्बीस डिंडोरी में बीस प्रतिशत हुई है सर मध्य प्रदेश के आठ जिले ऐसे हैं जहां पर इतनी बारिश होने के बावजूद भी अभी जो सामान्य बारिश है उससे कम बारिश हुई है जिसमे सीधी में जो सामान्य बारिश होती है उससे 41 प्रतिशत कम बारिश हुई है उसके अलावा रीवा भी है टीकमगढ़ भी है उसमें जो है निवाड़ी है उसमें डिंडोरी है अलीराजपुर है दतिया है इन सभी जिलों में जो है सामान्य से लगभग 41 से 20 जो प्रतिशत है उससे कम बारिश हुई है इसको लेकर क्या कांग्रेस कोई जो है मांग करने वाली है या फिर कोई आंदोलन प्रदर्शन करने वाली है देखिए एक महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी थी आ, सीधी ज़िले में रीवा में सिंगरौली में हमने बिंद रीजन की बात की थी पर साथ ही साथ जिस तरह से अभी निवाड़ी टीकमगढ़ बिलाजपुर दतिया इन जिलों में भी बारिश का अभाव रहा है डिंडोरी में भी नहीं हुई है और सीधी सिंगरौली रीवा तो है ही तो सरकार को जिस तरह से संवेदनशीलता से लेना चाहिए सरकार गंभीर नहीं है इन जिलों में पीने के पानी का संकट भी तैयार हो गया है बिजली कटौती इतनी ज़्यादा हो रही है कि आम जनजीवन पूरी तरह से त्रस्त है ट्रांसफॉर्मर जो जले हैं बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं किया गया वसूली अभियान सरकार की तरफ से लगातार जारी है मेरा तो आग्रह था मुख्यमंत्री जी से कि सबसे पहले आप इन जिलों में जहां जो निर्धारित मापदंड है उससे कम बारिश हुई है किसान बोनी नहीं कर पाया है किसान परेशान है गरीब परेशान है पीने के पानी का संकट खड़ा है इस समय उनको राहत देने की आवश्यकता है सबसे पहले तो जितनी भी लोग कर्ज़दार हैं चाहे वो बिजली का बिल हो चाहे आपका कृषि से संबंधित कोई लोन लेके रखा हो सभी में वसूली पे रोक लगा देनी चाहिए और तत्काल भविष्य की चिंता करते हुए वहाँ पे राहत कार्य शुरू करने चाहिए और साथ ही साथ सर्वे कराकर जिन किसानों ने बोनी कर दी थी उनकी फसल भी सूख गई बहुत सारे किसान बोनी ही नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए सरकार क्या प्रावधान कर सकती है जल्दी से जल्दी राहत राशि प्रदान करनी चाहिए किसानों से जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से संपन्न हो सके उनको बीमा का राशि भी दिलाएंगे और आरबीसी बारिश हुई है लेकिन आठ जिले ऐसे हैं जहाँ पर सूखा है जिसमें सीधी में -41 इकतालीस बारिश कम हुई है उस पर क्या कहेंगे आप जहाँ भी हम कह रहे हैं ना सूखा है अतिवृष्टि है किसी प्रकार से भी क्षति हुई है बाढ़ से पानी से उसको हम किसानों के साथ हैं और किसानों का सर्वे करना कर करने को सुस्त जिला घोषित करने की मांग सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए उसके एक मापदंड है उस मापदंड के अंदर आएंगे तो सूखाग्रस्त तो हो जाएगा